कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूं बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी प्रॉमिस बारिश आ गई और चली भी गई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 से, ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आश की पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशी पसंद आए, आए। कतरा कतरा जी रहा लम्हाम लम्हा रहा हूँ कैसे खुद को मैं संभालू तू बता तेरे बिन ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकू मैं सबसे पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए कश पसंद आए